था था था था था। जाएगा मेरा स्पेशल <laughs> फोकस <Special focus. laughs> मरा हुआ है हेलो मेरे प्यारे दोस्तों मैं बढ़िया उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का नए और फ्रेश वीडियो में सो लेट्स बी गए हुआ है स्लेटर खिंचा गया Here, the pain you caused a permanent stain which has determined your fate i've never seen so clear i feel the end and it's near the day of reckoning is here the sound of deafening fear oh the time is you betray you just bought a little bit of trouble pay oh guess you to qualify your soul could you ever see me torn out gaadi yahan pe ho raha hai gaadi unload isme aaya hai royal enfield ka gaadi sab zyada tar classic 350 hai और और हमारी गाड़ी इसी पे है हमारी गाड़ी इसी पे है उतरवाएंगे अभी उतर रहे धीरे भैया हो जाएगा ना बचना जाएगा कोई दिक्कत ऐगा गड़िया बचना जाएगा मेरा जिंदा तो रहेगा ना भैया ठीक <laughs> है आपका हो गया ई हमारा हो जाएगा लेकिन हिमालय रहेगा भैया भी थोड़ा बहुत मेजरमेंट बैठा रहे हैं ये अपना काम कर लेते हैं उसके बाद हम लोग चलेंगे रॉयल इनफील्ड एजेंसी की तरफ वहाँ से अपना गाड़ी का नंबर लेना है आज इस पर नंबर लगेगा नवा नवा नंबर लगेगा इस पर आज गाड़ी चढ़ गया है ऊपर तब तो भैया कैसे कैसे काम करी रहता हूँ पहले ये क्या है वो तेल निकल चुका है गाड़ी का तेल हमारा ही गाड़ी ना है वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी अपना ही है अपना ही है आज इसका लगने वाला है नंबर प्लेट और ये भी खुल गया है पता नहीं बनाने वाला कहाँ चला गया इसको तो खोल करके तो चला गया है काम हो गया खत्म गाड़ी, गाड़ी बन तो गई, तो गई है नई नवेली तो गया। गाड़ी का काम हुई है सर्विसिंग का काम हो गया है खत्म गाड़ी हो गया अब हम तो निकलेंगे एजेंसी की तरफ जा रहे हैं सर्विस सेंटर से तो काम कंप्लीट हो गया है तो अभी एजेंसी पे जाते हैं नंबर प्लेट लगवाते हैं फिर होगा तो हेलमेट के लिए भी जाएंगे देखेंगे हेलमेट पसंद आता है कोई की नहीं बाकी रास्ते पे ये भी एक टाइम का था अपने पास कि ये भी रखेंगे अपने साथ तो यहाँ है टी वी एस का एजेंसी और यहाँ है यमहा का एजेंसी और अभी दिखाते हैं आपको टी वी एस का सॉरी ये रॉयल इनफील्ड का एजेंसी ये रहा रॉयल इनफील्ड का एजेंसी सब है पास पास में ये तीनों बिल्डिंग है तीनों में तीन कंपनियाँ रूल करती हैं आर एस मरा पड़ा है दिख रहा है ये देखिए द बीस्ट बीस यहाँ मरा हुआ है Mm -hmm. आर्मर है ठंडी में ये गर्मी में ठीक रहेगा ठंडी के लिए तो नहीं पता कि एरिया में क्या होगा? ये चीटर है कितने का है? ओका से बाहर से बाहर, ये इनके पास जूता भी है अरे स्पेशल और 650, ये भी बाहर। बढ़िया है तो रख दो भैया रख दो हमको ये पसंद था एक टाइम पे हंटर बट से ज्यादा बेहतर हिमालयन हमको लगता है तो हिमालयन देखेंगे अपने मुजफ्फ़रपुर जीरो माइल पर ये स्थित है अपना ये रॉयल इन्फील्ड ठीक ठाक है राकेश भाई वहाँ बिलिंग शिलिंग समझ रहे बढ़िया आहा। ये भी राजकुमारी है वो नंबर लग चुका है और ये रहा नंबर कंप्लेन मत कीजिएगा कोई इसको देख करके बाय बाय काम हो गया कंप्लीट अभी होगा तो मार्केट जाएंगे नहीं तो देखते हैं क्या कर सकते हैं प्लान पे डिपेंड करता है बाकी ट्यून टू वन लेट्स गो सो हम लोग पहुंच गए हेलमेट के दुकान पे और अभी चेक कर रहे राकेश भैया हेलमेट सब यही से ऐसे का ब्लैक वाला गया था अपना इधर में कुछ नया नया दिख रहा है ये नया है आ, ये भी नया है और इधर में दिखा था नया ये वाला ये देखो ये देखो ये नया है रखिए ना ये शानदार लगता है अभी हम लोग इसको यूज भी कर रहे हैं कलर कोई और है बट अच्छा है और ये ग्लॉसी में है ये शानदार लग रहा है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, मजेदार है ऐसे नहीं। नहीं। वीडियो ख़त्म, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर लव यू ऑल। यूल お兄ちゃん、やめてください。<笑>